मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय समिट को स्थगित किया जाए या कार्यक्रम के दौरान स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का पालन किया जाए भूरिया ने कहा कि कोरोना के चलते हमने पहले भी अपनों को खोया है अब और नहीं खोना चाहते कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सीएम शिवराज सिंह ऐसी अपील करते हुए कहा की मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने का काम किया जाए इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित होने वाली प्रवासी भारतीय स्थगित किया जाए यह कार्यक्रम में सख्त गाइडलाइन का पालन किया जाए उन्होंने कहा कार्यक्रम में आने वाले की 48 घंटे पहले की कोरोना की जांच हो और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें शामिल होने दिया जाए वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य हो सात से दस दिन का क्वारंटीन हो और जिन देशों में कोरोना जबरदस्त फैल रहा है उन देशों से एनआरआई को आने की अनुमति नहीं दी जाए उन्होंने कहा पहले भी हमने अपनों को खोया है अब फिर नहीं खोना चाहते साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आज सबके सामने में आज आया हूं कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो अछुतारा होगा और किस तरह से हमने हर परिवार से कोई ना कोई करीबी को खोया है इस कोविड के दौरान चाहे वो करीबी हो या दोस्त हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो और फिर से कोविड दस्तक दे रहा है और एक जो सबके सामने चौंकाने वाली चीज़ आई है कि जिस तरह से एक नया वेरियंट आया है और जिस तरह से चाइना यूएसए यूरोप में ये कहर डाल है और इसके बाद हमारे देश की बीमारी आएगी और हम जितना ज्यादा इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें लेना चाहिए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें